देखिए जी आज मैंने ना चेयर किस तरीके से लगाई है ये देखें ज़रा चेक करें रास्ता बनाना पड़ा पहले इनके लिए यहाँ से पूरा साफ़ करना पड़ा ज़मीन को और लगाए और हल्की हल्की बर्फ़ ना यहाँ पे बूंदा बांदी हो रही है थोड़ी थोड़ी लेकिन हो रही है लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो गई तो पता नहीं क्या सीन रहेगा आज दिन का कल की बर्फ ना अभी भी इन पर जमी हुई है मज़े की बात ना ये है कि ये बर्फ़ ठंडी नहीं है उतनी ज़्यादा देखो पिघल गई है पूरी तो यही प्रोसेस अपने दिन हो गया ये देखें और यहाँ से ये वाली हाँ हो गया फिनिश मेरे रेस्टोरेंट की तरफ जो रास्ता आ रहा है ना तो उस पर अभी कोई चला भी नहीं है मैं पहला कदम रखने वाला हूँ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह हाँ क्राउड आप का क्राउड चेक कीजिए ये देखिए ये मैडम कश्मीरी ड्रेस में फोटो खिंचा रही है और ये लोग यहाँ से कहाँ कहाँ तक जाते हैं यार इनके पाँव भी गीले नहीं होते कल जब मैं घर पहुँचा था ना मेरे पाँव बिल्कुल सुन्न पड़ गए थे ये देखें और ये लोग भी ना यहाँ पे कश्मीरी ड्रेस में फोटो खिंचा रहे हैं ये देखो यार यहाँ के ना रास्ते कितने सुनहरे हैं बाई साइस रन के हाँ चले गए तो ये रास्ते ना बहुत अट्रैक्ट करते हैं बंदे को यहाँ से घूमने में क्योंकि रास्ता एक ही है यहीं से आना फिर ट्रैफिक जैम सा जो लग जाता है ना वो बड़ा प्यारा लगता है और ये जो लोकेशन है यार ये लोकेशन अगर कहीं और पे होना मुझे लगता है कि डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा होगी जिसकी कोई भी बात नहीं है कंपेर ही नहीं कर सकते हैं उस डेवलपमेंट के साथ और ये सॉरी यार गिर गया था और ये देखें सिर्फ ना रेड पुल के कैन ही आपको मिलेंगे जहाँ आप देखो रेड पुल के कैन आपको मिलेंगे ये देखिए यहाँ से ये सब ना रास्ते बनाए हुए हैं इन लोगों ने बहुत अच्छा है अच्छी बात है अच्छी चीज़ है तो इस चीज़ को प्रमोट करना हमारा फ़र्ज है और ये बाईसरन है मेरा प्यारा बाईसरन प्यारा सा बाईसरन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और सनसेट के टाइम में बहुत ही अच्छा लगता है यार आया आया आया आया आया ये चेक करें यार आप बाईसरन की ना ज़िपलाइन लाइन ही है स्पीड देखें आप। मैं आपको बताना ही भूल गया कि मैं जा रहा हूँ पानी लाने के लिए और ये कैन आप देख सकते हो मेरे हाथ में यहाँ सामने जा कर लाते हैं पहले पानी और फिर चलते हैं घर यार बहुत देर हो रही है आज कलम साढ़े तीन को यहाँ से चले गए थे और आज साढ़े चार पौने पाँच बज चुके हैं देखिए यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे पानी है किसी भी जगह और ये देखें पानी कहाँ से बह रहा है और मैं अब ये पानी भरता हूँ अपने कैंप में क्योंकि किसी ने जगह यहाँ पर रखा हुआ था यार बहुत शुक्रिया उसके लिए देखो यहाँ पे हमने आग जला ली है और स्नोफॉल हो रहा है लेकिन उतना हैवी भी नहीं समझ सकते हैं ऐसे हैवी लेकिन उतना भी नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट करते थे यहाँ पे ना अपनी सारी चेयर खोल दी थी आज लेकिन मसला हो गया कि स्नोफॉल होने लगा यहाँ पे ये यह देखिए आप चेक करें यार इतनी तेज़ स्नोफॉल हो रही है ना इतनी तेज़ स्नोफॉल हो रही है जिसके बारे में पूछ भी नहीं सकता ना ही बता सकता हूँ आप लोगों को ये देखें हालात क्या है हालात बिल्कुल बिगड़ चुके हैं अपने मुश्ताक भाई बायसरन में आज कैसा लग रहा है आपको बहुत ही बढ़िया लग रहा है यार बहुत ही अच्छा बहुत ही मस्त स्नोफॉल हो, हो रही है है ना आ, तो टूरिस्ट तो आज कम आ रहे हैं या ज्यादा आ रहे हैं अच्छा ठीक ठाक ही आ रहे हैं ठीक ठाक ही आ रहे हैं तो आपकी प्रोडिक्शन क्या रहेगी टूरिस्ट के हवाले से की ज्यादा आएंगे या कम नहीं ज्यादा आना चाहिए ज्यादा आना चाहिए तो डेवलपमेंट में ज्यादा ही आना चाहिए ओके ओके ओके थैंक यू सब लोग अभी भागने की फरोख में है देखो सब लोग वहाँ जा रहे हैं आधे वहां गेट की तरफ जा रहे हैं तो सब ने यहां से भाग रहे हैं क्योंकि अगर स्नोफॉल ज्यादा हो गया तो फंस जाएंगे शायद तो अपना स्नोमैन मैन यहाँ पे खुज का है रेडी जो कि भाई ने बनाया है और भाई की वाइफ ने बनाया है यहाँ पे अब इनको एन की लगाएंगे पहले मैगी खा लेते हैं शायद मुझे चलेगा चलेगा बचाते बचा के हाँ अब सही है हो गया, ज़्यादा वो होता क्या मैं तो रहा क्या बोलते हैं? हैं, ना, मैं तो इसकी नाक भी कुछ के लगा देते क्ष तो लगाएंगे तब तक मैगी इंजॉय करते हैं गाय okay. और फिर उसके बाद में इसकी नाक और वो सब्जी लगाएंगे बहुत तो सब टूरिस्ट आर एन्जॉइंग रियली वेरी गुड क्योंकि यहाँ पर स्नोफॉल हो रहा है और मैंने अपनी चेयर वगैरह यहाँ से उठा दी हैं और कोशिश यही है कि जल्दी करें और यहाँ से निकल जाएं क्योंकि रास्ते में ना टेंशन बहुत रहता है मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने अपनी कितनी चेयर यहाँ पे लगाई है ये देखें बिल्कुल इतनी चेयर यहाँ पर लगी हैं और बाकी सब मैंने यहाँ से उठा दी और रेफर कर ली वहाँ पर तो अभी ये चेयर लगी है मुझे कुछ ऑर्डर है फिर चेयर भी साफ़ करनी है और उनका ऑर्डर भी डलते हैं